हेलो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है हम सबको चाहिए ठीक है तो आ, क्या चाहिए हम सबको उसके बिना कुछ नहीं हो सकता राइट तो मैं एक्चुअली मनी के बारे में बता रहा हूँ इनकम के बारे में बता रहा हूँ राइट आप पूछेंगे मनी के मनी के अलावा क्या जिंदगी नहीं है बिल्कुल है लेकिन जिंदगी का बहुत सारा मुश्किल मोनी सॉल्व कर देता है डायरेक्टली right? हो सकता है इनडायरेक्टली हो सकता है लेकिन मनी ही सॉल्व कर देता है इसीलिए right? तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में राइट right? कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है तो इसीलिए अगर अच्छा डिसीजन ले लिया अच्छा सोच लिया तो लाइफ चेंजेस या तो लाइफ चेंजेस दोनों ही चेंजेस हो सकता है राइट right? तो आपको कौन सी लाइफ चाहिए वो आप सोच लीजिए तो सोचने से पहले मैं आपको तीन क्वेश्चन करूंगा जो क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन आप खुद को कीजिए राइट पहला क्वेश्चन क्या है मैं मुझे पता है मुझे आप आप कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं या करने वाले हैं या आपका प्लानिंग हो चुका है इनकम के लिए कुछ ना कुछ होगा जरूर होगा राइट मैं वो नहीं बता रहा हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अच्छा कर रहे इसलिए अभी तक यहाँ तक आए है ठीक है अगर नहीं करते तो नहीं आते राइट तो इसीलिए मुझे पता है आप अच्छा कर रहे नो प्रॉब्लम लेकिन क्या दिल पे हाथ रख सकते अच्छा हैं मतलब सिक्योरिटी है जैसे हम फेमिली की सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं इंश्योरेंस करते ताकि मैं जाने के बाद मेरा फेमिली सुकून से रह सके इसीलिए इंसुर इंश्योरेंस हम करते राइट जिंदा रहते ही क्या हमारा इनकम इनकम को एक सिक्योरिटी दे रहे है? ये खुद को पूछिए क्या वही इनकम कांस्टेंट करने वाला है जब आप रिटायरमेंट कर जाएंगे वो आपका जो इनकम है वही इनकम कंटिन्यू करने वाला है या तो आप जब काम खत्म कर ले काम नहीं करेंगे तब भी आपका इनकम कंटिन्यू होगा वो आप पूछिए खुद को मैं नहीं बताऊंगा दूसरी बात आप मुझे पता है आप अच्छा इनकम कर रहे हैं अच्छी लाइफ चल रहा है अच्छा ही सारा चल रहा है क्या आपका पास सफिशियंट टाइम है खुद के लिए खुद का फैमिली के लिए खुद का फ्रेंड के लिए खुद की हबीज के लिए क्या है खुद को पूछिए अगर नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है देन तीसरा क्वेश्चन पूछिए सॉरी क्या मैं मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हूं क्या मैं मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हूं ये तीन क्वेश्चन खुद को ही पूछिए अगर ये क्वेश्चन किसी का भी आंसर आपको नो मिलता है देन ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए है अगर ये तीन क्वेश्चन का आंसर येस है देन ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है ठीक है तो चलिए कैसे क्या होता है कैसे इनकम आती है उसके बारे में बात बात करेंगे इनकम एक्चुअली क्यों चाहिए आपको ना इनकम चाहिए बेसिक नीड के लिए पहली क्या बेसिक नीड ना थोड़ा अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छे रहना ये तीन चीज के लिए चाहिए क्या उसके बिना लाइव नहीं है बिल्कुल है इसके बिना बहुत सारा है अब्दुल कलाम कहते हैं बिग ड्रीम देन आप बिग बनेंगे तो बिग ड्रीम क्या है ना आपको ड्रीम देखना चाहिए ड्रीम क्या है ना कुछ भी हो सकता है किसके लिए हो सकता है खुद का खुशी के लिए हो सकता है खुद की हैप्पीनेस के लिए हो सकता है और हैप्पीनेस से मिलती है मैं उसको लिखा हूं क्या अपना एक घर चाहिए अच्छा वाला घर ऑटोमोबाइल चाहिए पर्सनल ग्रूमिंग चाहिए पेरेंट्स केयर लेना चाहिए इंटरनेशनल ट्रिप होना चाहिए नो डेप आर्ली रिटायरमेंट हाँ आप ठीक सुने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में बता रहा हूँ राइट सर्विस टू ह्यूमैनिटी चैरिटी भी करना चाहिए शॉपिंग करना चाहिए ऐसे ही बहुत सारा है आप आपका कुछ भी हो सकता है जहां पे भी आपका खुशी है वो आपका ड्रीम है चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो जही पे भी आपका खुशी है वो आपका ड्रीम है जिस चीज के लिए भी आपका दिल में धक धक होती है वो आपका ड्रीम है जिस चीज आपको हमेशा खुशी देती है किसी भी मोमेंट पे खुशी देती है वो आपका ड्रीम वो ड्रीम को लाइफ में पूरा करना चाहिए अगर ड्रीम को पूरा नहीं किए तो लाइफ में कुछ नहीं है राइट तो ये ड्रीम और बेसिक नीड दोनों कहा से फिर मिलती है ना इनकम से मिलती है और इनकम कहां से आती है दो चीजों से आती है पहला क्या कैटेगरी है ना लाइविलिटीज इनकम आप काम करोगे पैसा मिलेगा काम करोगे पैसा मिलेगा काम करोगे पैसा मिलेगा उसको कहते हैं अगर मैं काम पे नहीं गया तो पैसा नहीं आया राइट right? का सर्विस दे रहा हूं तो मुझे पैसा मिल रहा है सर्विस देना बंद पैसा आना बंद। उसको कहते हैं और क्या है? ना बंदिटीट बेस्ड इनकम मतलब मैंने कुछ काम किया और एक एसेट बनाया मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैंने कुछ काम किया एक घर बनाया और उसको रेंट में दे दिया अभी क्या हुआ रेंट में दे दिया मतलब क्या है वो मुझे रेंट देता रहेगा चाहे मैं कहीं पे भी रहूं चाहे मैं इंडिया में रहूं इंडिया में बाहर रहूं कहीं पे भी रहूं मुझे पैसा आता जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे राइट वो होता है एसेट बेस्ट इनकम तो आप पूछेंगे कौन सा बेहतर है वो आप सोच लीजिए कौन सा बेहतर है राइट राइट तो वो एक होता है लाइवलिटी इनकम और एक होता है एसेट बेस्ट इनकम अभी मैं जो बात करने वाला हूं आपका एसेट के लिए ही बात करूंगा अभी आप बोलेंगे एसेट के लिए तो तो क्वालिटी होना चाहिए एक क्वालिटी नहीं जब इन पैसा होना चाहिए तभी हम एसेट बना सकते है नहीं आपका पास और कुछ क्वालिटी होना चाहिए कौन सा क्वालिटी ना यू हैव ए ड्रीम आपका पास एक ड्रीम होना चाहिए एक आ, में, एक मतलब इमोशनल ड्रीम होना चाहिए ठीक है जो आपको दिन रात सोने नहीं देता यह ड्रीम का मतलब नहीं सोते सोते जो देखते हैं, वो नहीं है ठीक है जो ड्रीम आपको सोने नहीं देता ऐसा वाला एक ड्रीम होना चाहिए। अगर है देन आप ये अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। देन खुद को चेंज करना पड़ेगा हाँ आप सीख सुने खुद को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कैसे काम करूंगा खुद को ब्रॉड करना पड़ेगा खुद को ईगो को थोड़ा कम करना पड़ेगा दूसरों को थोड़ा सुनना पड़ेगा तभी जाके तो आगे बढ़ पाऊंगा नहीं नहीं तो जहां पे हूं वहीं पे हूं ठीक है तो इसीलिए खुद को चेंज करना पड़ता है देन और क्या है ना खुद के लिए एक से दो घंटा देना है हम दूसरे के लिए इजीली दे देते हैं वो हर, वो हमारा लाइफ में जितना भी बिजी रहो वो टाइम निकल जाता है दूसरे के लिए लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है तो यहां पे मैं बोल रहा हूं खुद के लिए एक से दो घंटा आपको निकालना पड़ेगा आपको मैनेज करना पड़ेगा और आपका क्वालिटी टाइम एक से दो घंटा खुद के लिए देना पड़ेगा ठीक है देन 15 से 20 मिनट 30 मिनट ठीक है आपको पॉजिटिव मेंटालिटी बुक्स पढ़ना पड़ेगा ठीक है जो आपका माइंड कुछ चेंज माइंड को, को पॉजिटिव करेगा क्योंकि लाइफ में पॉजिटिव माइंड वाला ही सब कुछ कर सकते हैं नेगेटिव सोच के कुछ नहीं हो सकता है आपको भी पता है हम जैसे सोचेंगे ऐसा बनेंगे हम बुरा सोचेंगे बुरा बनेंगे अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे अच्छा ही सोचिए ना कौन बना के राइट और क्या है सक्सेसफुल लीडर का शर्ट एसोसिएट होना है मैं क्या बोला सक्सेसफुल लीडर का शर्ट एसोसिएट होना है ये नहीं कि सक्सेसफुल लीडर का खाली सुनना है फिर भी उसको भूल जाना है वो तो नहीं उनका साथ एसोसिएट होना है उनका साथ फ्रेंडशिप करना है और उनका साथ मिलकर काम करना है तो अभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे उनका जैसा बन पाएंगे नहीं तो कैसे बनेंगे अगर ये चीज आपका पास है या तो ये चीज को आप डेवलप कर सकते हैं, है। राइट अगर ये चीज आप नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी दोस्त आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है राइट चाहे आपको जितना भी चाहिए जितना भी आपका नीड हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपका लिए नहीं है बिल्कुल भी ठीक है तो अगर आपको यह ऑपॉर्चुनिटी चाहिए अगर आपका पास कुछ ड्रीम है और आप यह सारा चीज कर सकते हो देन आपके लिए ये है, तो कैसे क्या करेंगे? उसको देखेंगे एक्चुअली इनकम से आती है? पता है पता आपको? मुझे भी नहीं पता था लेकिन मैंने रोबोटा बिजनेस ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी रिच डारोर डारुक पढ़ा मैंने और वो बुक से मुझे देखने के लिए मिला जी इनकम आती, आती है ये केस क्वाड्रेंट दुनिया में जितना भी इनकम होती है कौन सा क्वार्रंट पहला कौर्ण है, कौर्ण, एंप्लोग कौर्ण. एंप्लोग क्या है हम सबको पता है क्या ना दिन भर हम काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को हमारा टाइम दे देंगे हमारा इंडिपेंडेंसी देंगे हमारा नॉलेज जो है वो दे देंगे उसका बदले में हमें कुछ अमाउंट मिलेगा जिसको हम कहते हैं है right? है है है? खुद के लिए मैं यूज करूंगा और मुझे क्या कुछ प्रॉफिट मिलेगा उसको कहते हैं प्रॉफिट कुछ इनकम मिलेगा जिसको कहते हैं प्रॉफिट वहां पे था सैलरी यहाँ पे होता है प्रॉफिट लेकिन ये दोनों में एक चीज कमन है मैं जब तक करूंगा तब तक पैसा मिलेगा इसका मतलब क्या है मैं अगर ड्यूटी जा रहा हूं तो मुझे पैसा मिलेगा अगर ड्यूटी जाना बंद पैसा आना बंद राइट ऐसे ही मैं डॉक्टर क्लिनिक किया और क्लिनिक नहीं जा रहे क्या पैसा आएगा नहीं आएगा तो उसको कहते तो लेफ्ट साइड में आप जब तक टाइम देंगे तब तक पैसा मिलेगा लेकिन दोस्तों कई बार टाइम जीरो हो जाता है क्यों होता है कुछ सिचुएशन के से राइट जीरो हो जाता है. तब हमको क्या, कितना मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा जीरो क्योंकि बिजनेस बिजनेस मतलब क्या है आप जितना भी बड़े बड़े आदमी देख सकते हैं कौन ना रिलायंस का मालिक अंबानी हो सकता है टाटा हो सकता है बाटा हो सकता है फ्लिपकार्ट हो सकता है अमेजन हो सकता है कोई भी हो सकते वो वो बिजनेस बिजनेस क्वार्टर क्या किए किए, कुछ कुछ काम एक सिस्टम सिस्टम जो को फॉलो करने के लिए एम्प्लॉय रख दिए, और उसके बदले में उनका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए अभी अंबानी के पास लाखों एम्प्लॉय है और 10 घंटे 10 घंटा करके काम करते हैं। इसका मतलब एक लाख एम्प्लॉय दस घंटा काम करते किसके लिए ना अंबानी के लिए तो इसका मतलब दस लाख घंटा काम होता है किसके लिए ना अंबानी के लिए और इधर चंदन है एम्प्लॉय में कितना घंटा काम करता है दस घंटा काम करता है तो कौन ड्रीम फुलफिल करेगा बिल्कुल कौन करेगा ना अंबानी ही फुलफिल करेगा क्योंकि वो हर दिन दस लाख घंटा काम करता है और चंदन दस घंटा काम करता है इसीलिए अंबानी अंबानी और चंदन चंदन होकर रहेगा राइट ले, लेकिन चंदन भी अगर 10 लाख घंटा काम कर सकता है तो चंदन भी बिजनेस क्वार्टर में जा सकता है वो ऐसा ही लाइफस्टाइल बना सकता है राइट देन इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या होता है आपका पास बहुत पैसा है और पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होता है राइट तो राइट साइड में क्या होता है ना राइट साइड में आपका पास बहुत पैसा होता है और लाइफ होता है और रिकॉग्नाइजेशन होता है लाइफ को आप एंजॉय कर पाते है. लेफ्ट साइड में क्या होता है हम दिन भर काम करते हैं काम करते हैं काम करते हैं सब कुछ छोड़ के फैमिली को छोड़ के रिलेटिव को छोड़ के खुद को छोड़ के काम करते हैं राइट साइड वाला सबके साथ एंजॉय करते हैं राइट देन अभी देखा गया है जो स्टैटिस्टिक है दुनिया में 85% फाइव परसेंट राइट साइड में काम करते हैं और जिनके पास ओनली 85% से माइनस 15, 10 से 15 परसेंट पैसा है 10 दुनिया का 10 से 15 लेकिन राइट साइड में 10 से 15 परसेंट लोगों का पास दुनिया का 90 परसेंट पैसा है तो अभी आप सोचिए आप कहां पे रहेंगे, आप मुझे बोल सकते कि सोचने से क्या होता है उनका पास बहुत पैसा है लेकिन आपको बता दो अंबानी जो शुरू हुआ था एक धीरू अंबानी एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाल रहे थे वहां से उठकर आप ये जो एम्पायर खड़ा किए इसका मतलब आप भी कर सकते हैं अगर आप भी बड़ा सोच सकते हैं राइट right? तो आपका पास भी चॉइस है ओके okay. तो कैसे ठीक है आपका पास एक अपॉर्चुनिटी है ये ई e से भी बी को जॉम्प कर सकते हैं और एस से भी बी को जॉम्प कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या चाहिए ना जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए वो क्वालिफिकेशन को पास करना चाहिए राइट right? तो वो अगर पास कर लेते हो देन आप भी बिजनेस कर सकते हो लेकिन आप बताएंगे अभी बिजनेस के लिए तो बहुत पैसा चाहिए हमें पता है राइट अभी जमाना चेंज हो चुका है दोस्त अभी का जमाने में और पैसे से मतलब नहीं है मतलब कहां से पता है का जमाना चाहिए था इंडस्ट्रियल एज का जमाना जहां पे लैंड लेबर कैपिटल आपको चाहिए था आज का डेट बन गया है इन्फॉर्मेशन एज और इंफॉर्मेशन एज में क्या चाहिए पता है टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग आप जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है वो दोनों चीज को डेवलप कर रहे टेक्नोलॉजी को और नेटवर्किंग जितना बड़ा टेक्नोलॉजी जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा वेल्थ तो आप भी अगर टेक्नोलॉजी और नेटवर्क को साथ में ले सकते तो आप भी बड़ा बन सकते कौन हम आपको रुका और टेक्नोलॉजी की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ टेक्नोलॉजी की वजह से हम कहीं से भी कहीं पर बात कर सकते हैं तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा आप ले सकते हो तो ये टेक्नोलॉजी को फायदा लेकर आप नेटवर्क बना सकते हो तो ये नेटवर्क जितना करेंगे ओयो कंपनी आप सबको पता होगा राइट वो ओयो कंपनी क्या है क्या उसका पास एक होटल है नहीं है लेकिन लाखों होटल को वो लाखों कस्टमर प्रोवाइड कर रहे राइट आपको पता है क्या क्या है ना नेटवर्क ऑफ होटल और, और नेटवर्क ऑफ कस्टमर को मिला देता है और खुद प्रॉफिट कमाता है जिसका नाम है ऐसे ही हैूगल पे फोन पे किसका पास क्या है सब वही किए है क्या ना नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क और वह नेटवर्क को बढ़ा करके आज का डेट में वो करोड़ है तो आप भी अगर नेटवर्क बढ़ा सकते हो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो राइट तो कैसे क्या करोगी एज ए कॉमन पर्सन मैं क्या करू मेरा मैं तो मेरा पास दिमाग नहीं है इतना पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूं ठीक है तो मैं क्या करूंगा राइट तो मैं कैसे सर्वर तैयार करूंगा कैसे नेटवर्क बनाऊंगा राइट तो उसके लिए भी रास्ता है थोड़ा सोचिए सुबह से शाम आप क्या करते हैं कुछ ना कुछ यूज करते है कुछ ना कुछ खरीदते हैं सैलरी पैसा लाते हैं और वो पैसा से कुछ ना कुछ खरीदते हैं किसके लिए ना किसी के लिए भी खुद के लिए ब्रश पेस्ट साबुन फेसवाश ये सब खरीदते हैं राइट right? ये सब खरीदते हैं कैसे कहाँ से खरीदते हो कोई ना कोई रिटेलर से खरीदते हो क्या वो प्रोडक्शन करता है नहीं क्या करता है वो कहीं और से लाता है वो कोई और से लाता है ऐसे ही कंपनी से आती है कंपनी आपके पास डायरेक्ट नहीं लाता है तो ये सबको लाने के लिए कैसे ना मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग करता है वो बहुत सारा सी एंड को रखा है वो सी एन एफ ले आते हैं बहुत, सा, बहुत सारा होलसेलर रखता है एक होलसेलर बहुत सारा रिटेलर रखता है और ये रिटेलर बहुत सारा कस्टमर रखता है लेकिन एक कस्टमर क्या रखेगा कुछ नहीं राइट कुछ के लिए लेता है और इसी बीच में आप देखेंगे तीस से चालीस रुपया का प्रोडक्ट आपको सौ रुपया में मिलता है ठीक सोना तीस से चालीस रुपया का प्रोडक्ट अब सौ रुपया में मिलता है साठ से सत्तर रुपया दे देते हो ये जो बीच में लाई ये लोग को दे दी अभी मॉल आपका देखेंगे मार्केट में बहुत सारा मॉल बन गया है ई मॉल हो गया है वो क्या करते हैं आपको दो रुपया पांच रुपया डिस्काउंट दे देते और बदले में क्या करते है पूरा पैसा वो ले लेते राइट और हम क्या करते है वहां पे जाते है क्योंकि वहां पे एक जगह में बहुत सारा चीज मिल जाएगा ठीक है पे ले आते वो प्रॉफिट कमा लेते कम होते जा रहे बढ़ नहीं पा रहे राइट क्यों क्योंकि हमारा जो 30 दिन का कमाई है वहीं पे दे दिए राइट तो इसीलिए क्या करते है? हम कंज्यूमर बनकर रह जाते ठीक है हमेशा क्या करते हैं ना कंज्यूम करते रहते उसको लेकर कभी प्रॉफिट नहीं किए लेकिन अभी जमाना चेंज हो चुका है आज का जमाना है इंफॉर्मेशन एज का जमाना है ये जमाने में आप क्या कर सकते हो ना बहुत कुछ चीज कर सकते हो कैसे ना आज का डेट में कुछ मैन्युफैक्चरर है जो आपको डायरेक्टली देने के लिए रेडी है लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा क्या ना काल क्या करते थे इंफॉर्मेशन काल भी शेयर करते थे क्या कैसे ना हम हमारा दोस्तों को बताते थे वहां पे रेस्टोरेंट अच्छा है वहां पे पार्लर अच्छा है वहां पे डॉक्टर अच्छा है वो बताते है कि नहीं ये मोबाइल अच्छा है ये ये टीवी है, ये टीवी अच्छा है कंप्यूटर अच्छा है बताते हैं कि नहीं बताते बताते अंजाना में हम मार्केटिंग करते रहते हम हम क्या किए रेस्टोरेंट में खाना खाए सेल्फी लिए और सेल्फी लेके फेसबुक में पोस्ट किए कि मैं खाना खा रहा हूँ बहुत डिलीशियस फूड है पे ना वो रेस्टोरेंट में बहुत डेलीसियस फूड है लाइक किए और उसमें से कुछ देखकर वहां पे गए और खाना खाए आपको कितना प्रॉफिट मिला भाई साहब कुछ प्रॉफिट मिला नहीं मिला ना लेकिन उनको प्रॉफिट हुआ आपने जो इंफॉर्मेशन फेसबुक में शेयर किए उसके बदले में उनको प्रॉफिट हुआ वो सेम चीज अगर खुद के लिए करेंगे कैसे ना खुद के लिए खुद का ब्रांड का अगर इंफॉर्मेशन आपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव के साथ शेयर करते हो तो आप बन जाते थे consumer, होते हो प्रोज्यूमर प्रोज्यूमर मतलब क्या है प्रॉफिट मेकिंग कंज्यूमर वहां पे जो इंफॉर्मेशन में फ्री फंड में दिया था वो इंफॉर्मेशन में यहां पर पैसा लेके दे रहा हूं तो क्या बन जाते हो प्रोज्यूमर ओके तो ये प्रोज्यूमर बनने से आपको क्या फायदा मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, है। right? कितना ना अगर मैंने कुछ नहीं किया खुद का चीज खुद चेंज कर दिया मतलब मैं जो ब्रांड का अंबासडर हूँ वो ब्रांड का प्रोडक्ट खुद यूज किया और कुछ कस्टमर तैयार किया क्योंकि वहां पे भी थे कैसे कस्टमर तैयार किया ना इन्फॉर्मेशन दे कैसे इन्फॉर्मेशन जैसे काल देता था थोड़ा प्रोफेशनली दिया कैसे दोगे प्रोफेशनली दोगे सीखोगे कैसे सीखोगे मैं ना सिखाने के लिए क्या टेंशन है मैं हूं तो सिखाऊंगा तो सीखने के बाद दो एक से दो घंटा काम किया और मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मान लीजिए ट्वेंटी का टर्न ओवर हो गया मैंने आठ दस फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन दिया और मैं खुद का यूज किया खुद तो बीस का टर्न ओवर हो गया ठीक है तो अभी क्या हुआ ना तीन हजार का प्रॉफिट मिलेगा आपको थ्री परसेंट के कमीशन के हिसाब से उसका कैलकुलेशन कैल्कुलशन में आपको बताऊंगा तो आप मैं बताऊंगा आपको क्या ना यूज तो करते थे और इन्फॉर्मेशन भी देते थे लेकिन इनकम क्या है जीरो लेकिन आज ये क्या क्या है ना तीस दिन में दो दो घंटा काम किए दो घंटा इन्फॉर्मेशन दिए थोड़ा सीखे तो कितना प्रॉफिट मिला दो सॉरी तीन हजार का अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा ऐसे ही मैंने क्या किया एक टीम बनाया क्या बनाया टीम बनाया इसका मतलब नेटवर्क बनाया नेटवर्क मतलब क्या है ना खुद के जैसा तीन पार्टनर ढूंढा जो चाहते हैं अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए जो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड है जो आपका साथ काम करने के लिए रेडी है ऐसे ही तीन पार्टनर मैंने ढूंढा सब कोई पार्टनर नहीं बनेंगे पार्टनर भी क्वालिटी पर्सन बनना चाहिए ना तो तीन क्वालिटी पार्टनर आपका साथ मिले और तीन क्वालिटी पार्टनर वही काम किए क्या ना जो आप किए थे वही काम किए लेकिन वो भी दो दो घंटा काम किए तो देखिए तीन और आप एक चार टोटल कितना घंटा काम होता है ना आठ घंटा काम होता है और बदले में टोटल टर्न कितना होता है एटी और आपको प्रॉफिट कितना मिलता है पांच हजार क्यों पांच हजार मिला ना आप तो खुद वही बीस हजार किए थे आपको तीन हजार मिलना था लेकिन पांच हजार क्यों मिला ना तीन दोस्तों को आपने तीन पार्टनर को आपने बीस हजार का टर्नओवर ओवर कराना सिखा दिया ना इसीलिए आपने उनको इंफॉर्मेशन दिया ना इसीलिए काल तो वही चीज करते थे कितने कुछ जॉब हम रिकमेंड करते वहां पर जॉब फ्री है चला जाओ भाई कर, काम कर ले कितना पैसा मिलता है नहीं मिलता है राइट right? हमारा ऑफिस में अगर वैकेंसी है तो बुला लेते मेरा दोस्त को आजा रह जा, राइट प्रॉफिट कितना मिलता है नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे उनको भी प्रॉफिट मिला और खुद को भी मिला अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा राइट ऐसे ही टीम को और थोड़ा बड़ा किया चारों आदमी मिले और टीम को बड़ा किया छह आदमी बनाए कितना घंटा काम होता है सिक्स प्लस कितना सेवन सेवन इंटू टू घंटा काम होता है एक्स्ट्रा में आप दो घंटा काम किए थे लेकिन टोटल काम तो चौदह घंटा बन गया और आपका टर्नओवर कितना बनता है? एक लाख चालीस हजार आप कितना थे? बीस हजार। लेकिन टोटल कितना होता है चौदह हजार और आपका प्रॉफिट क्या है टेन थाउजेंड क्यों ना क्यों क्यों उनको सिखाया राइट इसीलिए उनको इंफॉर्मेशन दिया था इसीलिए ऐसे ही टीम को बड़ा किया कितना ना बारह परसेंट लोगों का टीम बनाया और 12 लोगों का टीम का साथ आपका टोटल टाइम कितना काम काम करते हैं ना 26 आवर। क्या क्या 26 क्या क्या जॉब में में पॉसिबल पॉसिबल था था करना बिल्कुल नहीं ना लेकिन यहां पे 26 सिक्स आवर काम की और 26 सिक्स आवर काम करने के बाद बाद आप कितना टर्न ओवर करते हैं ना दो लाख साठ हजार जब आपका प्रॉफिट होता है ट्वेंटी अच्छा लगेगा ना बिल्कुल दो घंटा काम आप किए टोटल टीम में 26 घंटा काम होता है और आप 20,000 इनकम करते हो ऐसे ही और टीम बड़ा होता है जो 24, 24 और आप 25 टोटल 50 घंटा काम होता है देखिए जो अंबानी का मैं 10 लाख घंटा बताया था राइट ऐसे भी आपका भी 50 घंटा काम हो गया तो आपको पांच लाख का टर्न ओवर होता है आप कितना कहते हैं ट्वेंटी लेकिन टोटल टर्न कितना होता है पांच लाख क्यों ना क्योंकि आपका टीम में है ट्वेंटी फोर राइट आपका इनकम कितना होता है 40, और आपको भी पता है आज का डेट में फोर्टी थाउजेंड को इनकम करने के लिए कितना क्या करना पड़ता है राइट ऐसे ही और थोड़ा टीम को बढ़ाया कितना ना फिफ्टी राइट और फिफ्टी टीम को बनाने, बनाने के बाद आपका टोटल टोटल कितना घंटा काम होता है ना एक आवर 100 आवर एक दिन में आप काम करते हो और बदले में आपका टोटल महीने में एक लाख कैसे लगेगा अच्छा लगेगा ना बिल्कुल ड्रीम भी हो ना? हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि किसी भी कारण की वजह से अगर मैं काम नहीं कर पाता हूं तो इसका मतलब मेरा टाइम तो जीरो ही हो जाएगा लेकिन क्या मेरा टोटल टाइमिंग जीरो हो जाएगा बिल्कुल नहीं क्योंकि क्योंकि मैंने पहले जो स्लाइड में बताया था ना कि एसेट बेस्ड इनकम यहाँ पे जो फिफ्टी पार्टनर मेरा है वो ही मेरा एसेट है वो तो काम करेंगे तो इसका मतलब पचास इंटू टू तो सौ घंटा काम होगा अगर सौ घंटा काम होता है तो मेरा इनकम होगा कि नहीं होगा या आपका आप सोच लीजिए मैं नहीं बताने वाला हूं राइट right. मैं खुद नहीं किया तो क्या हुआ सौ घंटा तो काम हुआ ना तो पैसा तो मिलेगा ना नहीं मिलेगा लेकिन वहां पे क्या होता था नहीं मिलता था राइट right. और भी अगर आपका पास बड़ा ड्रीम है तो आगे और भी है आप पूछेंगे मैं आपको जरूर बता दूंगा राइट right. तो अच्छा इनकम है ना एक्साइटमेंट लग रहा है ना लेकिन कैसे इनकम होगा इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्योंकि ना यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आपको देता है तो इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका डेट में क्या वैल्यू है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज का डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है किसने कहा है ना नीति आयोग नीति आयोग कौन है ना इंडिया गवर्नमेंट के अच्छा रिसर्चर है जो बोला है की डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष से जोर देने की जरूरत है जिसके वजह से आज का डेट में बहुत सारा कोर्सेस आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर राइट right? सीबीएसई में आ चुका है एमबीए में आ चुका है कॉमर्स में है बहुत सारा चैप्टर आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्यों ये इंडस्ट्री को आज का डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है ना यहाँ पे आप एंटरप्रीन्यर बन जाते हो अगर आप एंटरप्रीन्यर बन जाते हो तो आपको जॉब जरूरत नहीं है तो आज का डेट में इंडिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है क्या अनएम्प्लॉयमेंट वो कम हो सकता है इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज का डेट में फोकस क्या कर रहा है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर जहां पे यूथ क्या कर सकते हैं ना खुद को कर सकते हैं और खुद को एंटरप्रीनियर करने के बाद अनएम्प्लॉयड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कम हो जाएगा राइट इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके, इसके लिए फोकस कर लेकिन यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब आ, बात आती है यहाँ पे बहुत सारा कंपनियां आती है। तो मैं रिकमेंड एक कंपनी को करूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह है जिसका नाम नाम है और सौ से ज्यादा कंट्री में आज का डेट में बिजनेस कर रहा है इसका फाउंडर रिज डिना एंड जनभला दोनों फ्रेंड है दोनों एक गैरेज में शुरू किए थे और आज का डेट में सौ से ज्यादा कंट्री में बिजनेस सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे और क्या है ना 950 साइंटिस्ट जो 75 फाइव में रिसर्च कर रहे क्वालिटी को बेहतर होता है उसका कितना वैल्यू होता है आपको पता है इसका पास वन पेटेंट है तो इसका वैल्यू कितना होगा राइट right? देन इसका पास फोर फिफ्टी ग्लोबाली प्रोडक्ट है जो वो मार्केटिंग कर रहा है और इसी का साथ साथ ये टू थाउजेंड नाइनटीन में 8.4 बिलियन का टर्न ओवर हुआ था जो कि 2020 में 8.5 पॉइंट फाइव बिलियन टर्न ओवर हुआ था ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे हाइस्ट ठीक है इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बादशाह okay? इंडिया में उसका क्या वेल्यू है नाइनटीन नाइनटी में शुरू हुआ था और 1998 में शुरू होके वो वो मदुराई तमिलनाडु में आज का डेट में इंडिया इंडिया मेड इन के तहत प्लान बना चुका है 600 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है 150 प्लस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और आज का डेट में 2000 करोड़ का टर्न ओवर इंडिया में भी है तो इसका ये, और इंडिया में एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इसीलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह कहते हैं और क्या क्यों ना इसका पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है क्या क्या प्रोडक्ट है ना अपना हेल्थ को ठीक रखने के लिए फूड सप्लीमेंट है जो जिसका नाम है न्यूट्रलाइट जो वर्ल्ड का बेस्ट एंड वर्ल्ड का नंबर वन फूड सप्लीमेंट कंपनी है एर पुराना कंपनी है और इसका पास क्या है ना सप्लीमेंट है एनर्जी ड्रिंक है जो मैं भी पी रहा हूँ और क्या है हर्बल भी है और हुए प्रोटीन भी है ऐसा ही बहुत सारा इसका पास फूड सप्लीमेंट है ठीक है इट हार्ड इट स्मार्ट राइट right. इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको शेयर करूंगा ठीक है ये ये वीडियो में सफी से नहीं है तो आप जान पाएंगे ओके नेक्स्ट और क्या है ना ब्यूटी के लिए इसका पास पूरा भंडार है राइट right? इस ब्यूटी के लिए इसका पास जो ब्रांड है उसका नाम है आर्टिस्ट जो वर्ल्ड का बेस्ट फाइव नंबर है इंडिया नंबर वन स्किन केयर प्रोडक्ट है आर्टिस्ट देन आर्टिट्यूड है इंडियन ब्रांड जो प्रीमियम रेंज का आता है वो सुपर प्रीमियम का होता है ऐसे ही और क्या है ना होम केयर का है पर्सनल केयर का है जेंट्स लोगों का ये डायनामाइट है देन जीरो वेल कुकिंग है और क्या है एटमॉस्फेयर है ठीक है ये सब सा, ये सारा टोटल वन फिफ्टी प्लस प्रोडक्ट है ह्यूज प्रोडक्ट लेकिन ये प्रोडक्ट को हम क्यों यूज करें हम दुकान से जाकर यूज कर, ला, ले आते अच्छा है ना तो इसको क्यों यूज करे ना ये प्रोडक्ट तीन क्वालिटी है क्या ना इकोनोमिकल है इको फ्रेंडली है एंड इफेक्टिव है ठीक है और क्या है ना बेस्ट इन प्राइस ये जब यूज करोगे ना इसका प्राइस पता चलेगा आपको कितना स, अच्छा है कितना आ, का पूरा वेल्यू आपको देता है Then, बेस्ट इन क्या है क्या ना ये आपको 30 दिन के अंदर 30% यूज करने के बाद भी आपको रिटर्न कर सकते हो और बदले में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा माइनास टेक्स राइट ये गारंटी है उसका प्रोडक्ट का मतलब कितना क्वालिटी प्रोडक्ट होगा देन बेस्ट इन प्रोफिट सबसे बड़ी बात ये मेरा प्रोडक्ट है मैं अगर यूज़ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा मैं मैं मैं अगर अगर यूज़ यूज़ मेरा मेरा मेरा ड्रीम को पूरा कर फैमिली रिलेटिव मेरा फ्रेंड मेरा मेरा सबका साथ मैं क्या कर पाऊंगा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा अगर नहीं करूंगा तो आज जो कर रहा हूं वही करूंगा तो वो बेस्ट इन प्रॉफिट है ठीक है इसीलिए ये प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है तो ये प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे ना अगर खाली प्रोडक्ट के यूज करना है तो आप प्रीफर्ड कस्टमर बन सकते हो सिंपल चीज है मैं मैं लिंक में मेरा नंबर दे रहा ठीक है मुझे आपका नाम डेट ऑफ बर्थ मेल आईडी मोबाइल नंबर आप भेज सकते हैं और आप कस्टमर बन सकते हो डिस्काउंट रेट में आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा लेकिन आप अगर इनकम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा ना अपना आधार कापी बैंक डिटेल मतलब अकाउंट नंबर और आई एफ और कुछ नहीं पान नंबर मेल आई मोबाइल नंबर ये पांच चीज आपको देने के बाद आप क्या बन जाते हो एडीआर डायरेक्ट रिटेलर तो बनने से क्या होता है ना 20 से 30 राइट वो हो सकता है तो देन क्या हो सकता है? ना नब्बे दिन के अंदर थोड़ा खुद को अगर क्वालिफाई कर लोगे तो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट भी प्रॉफिट मिल सकता है ठीक है, है राइट देन और क्या है कैसे क्या करेंगे ना इसके लिए आपको सिखाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BWW डब्ल्यू Worldwide वो आपको हेल्प करेगा कैसे ना अर्निंग थ्रो लर्निंग आप लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कैसे सीखेंगे ना ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते मोबाइल में ऑडियो वीडियो सुनकर सीख सकते देन पॉजिटिव मेंटेलिटी बुक्स उसको पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ के आपका माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं और फंक्शन कुछ आज का डेट में डिजिटली बहुत सारा करना पड़ेगा ठीक है सिंपल चीज है लिस्ट बिल्डिंग पहला लिस्ट अगर कुछ डाउट है तो पूछिए ना लिंक मेल आई डी दिया हूँ नंबर दिया हूं आप पूछिए मुझे तो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे राइट right? नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं ना आपका ड्रीम का लिस्ट बनाइए वो सबसे इंपॉर्टेंट है जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा बिजनेस ड्रीम छोटा तो बिजनेस भी छोटा बड़ा ड्रीम बड़ा बिजनेस तो इसीलिए आपका ड्रीम को भी बड़ा कीजिए उसका लिस्ट बनाइए उसके बाद ये पीपल बेस्ट बिजनेस है। लोगों का नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं वो, वो आपको जानते है उनका नाम लिखिए देन उनको क्या करना है थोड़ा बुक पढ़ना है बुक पढ़ के कंट्रेट एंड इन्वाइटिंग करना है ठीक है उनको सिखाना है बुलाना है क्यों ना इंटरेस्ट चेक करना है उनको जरूरत है तो हाँ नहीं अगर जरूरत है तभी आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे देन उनको भी करना है, उनको पूछना है क्या कुछ है? अगर है, डाउट नहीं है तो कमेंट जॉइन हुई दस राइट तो ये चार चीज करके हम हमारा टीम को बड़ा कर सकते है हम हमारा नेटवर्क को बड़ा कर सकते है और ये चार चार चीज करके हम हमारा नेटवर्क को बड़ा कर करके अपना ड्रीम को पूरा कर सकते रेट? तो होप ये करके आप क्या कर सकते हैं? अपना ड्रीम पूरा तो हो ही जाएगा राइट तो वो कर सकते हो राइट तो थैंक यू अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो मुझे मेरा नंबर में भी और मेल में भी मेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो और ये आपका ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं भी आपका साथ रेडी हूं थैंक यू गॉड ब्लेसिंग